हम भूतेश्वर महादेव मंदिर उमरिया राजस्थान में आए हुए हैं ये भूतेश्वर महादेव मंदिर गांव से थोड़े से ही दूर पर मुख्य मार्ग के साथ में पास में स्थित है भूतेश्वर महादेव मंदिर की महिमा दुनिया के सभी लोग जानते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं और सामने ये भूतेश्वर महादेव मंदिर का शिखर यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने ये जो हरियाली है मुख्य मार्ग जो मंदिर पे जाता है तो दोनों तरफ बहुत हरे भरे वृक्षों की श्रृंखला यहाँ दिखाई देती है इस मंदिर में यात्रियों के बैठने की सुविधा के हिसाब से शामगढ़ के डॉक्टर दयाराम जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर पथरी चिकित्सालय शामगढ़ के द्वारा पांच सीमेंट की बेंच और पंद्रह सौ रुपये नकद का दान यहाँ पर दिया गया है अब हम भूतेश्वर महादेव मंदिर के नीचे वाले कमरे में प्रवेश करेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक शिलालेख लगा हुआ है इस शिलालेख को हम आपको पढ़कर के सुनाते हैं माँ नागणेचिया राठौड़ वंशज साहित्य मनीषी डॉक्टर दयाराम जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर पथरी साले शामगढ़ द्वारा श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर उमरिया के विकास सीमेंट बेंच हेतु इक्कीस हज़ार का दान भेंट सन दो अब हम आगे बढ़ते हैं और नीचे की सीढ़ियों पर हम उतरते हुए जा रहे हैं वो सामने एक पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सर... ये भगवान भूतेश्वर महादेव के लिए पूजा पाठ का विधान करते हैं अब हम मंदिर के अन्य स्थानों पर दूसरी जगहों के ऊपर भी घूमते हुए विचरण करते हुए जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर की महिमा पूरे भारत में विख्यात है यहाँ पे ये जो बच्चे हैं मंदिर की घंटी ये बजा रहे हैं और अब हम मुख्य मंदिर के अंदर भगवान शिव भूतेश्वर महादेव का दर्शन आपको करवा रहे हैं ये भूतेश्वर महादेव में ये लिंग यहाँ पर इसमें स्थित है और इस पर पानी की जलधारा गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है अब इसके बाद हम अन्य स्थानों को आपको बताते हुए ये ये पंडित जी जो है यहाँ बैठे हैं आपका क्या शुभ नाम है वेद प्रकाश नाम है वेद प्रकाश जी शर्मा शर्म, शर्मा वेद कहाँ के रहने वाले हैं आप पीपलिया खुर्द के आप नियमित रूप से आते हैं यहाँ पे हाँ, पर्व, पर्व को होता आते माँ महापर्व पे यहाँ से कितना दूर है आपका गांव दो किलोमीटर दो किलोमीटर दूर है दूर। तो रोजाना ये जब भी महापर्व कोई होता तो आप यहाँ आ जाते हैं अच्छा यहाँ के जो आ, जो ख़ास देख रेख करने वाले हैं वो पुजारी जी महाराज हैं उनका क्या नाम है नारायण दास जी जी महाराज आ गए अच्छा अच्छा अच्छा आप नारायण दास जी महाराज हैं सुखराम दास हैं क्या गुरु जी आपके गुरु जी है हाँ। अच्छा, अच्छा अच्छा तो आपका नाम सुखराम जी हाँ। है अच्छी बात धन्यवाद हां साबा आइए साहब आप वो विक्रम सिंह जी हैं अच्छा मांगीलाल जी शर्मा विक्रम है अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष है कोषाध्यक्ष है हैं। यहाँ जो हमने ये दान किया है ना ये बेंचें लगवाई हैं, यहाँ पर ये शिला लेख लगवाया है तो ये जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको अब हम आगे बढ़कर के और ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है और उस हिस्से के ऊपर हम ज़्यादा अपना ये महत्व देंगे और इसमें हम विचरण करेंगे ये आप देखिए मंदिर का ऊपरी हिस्सा है जो अभी निर्माणाधीन है और इसमें बहुत अच्छी कलाकृतियां और शिव जी का ये त्रिशूल है डमरू है ये सब आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं गांव का ये जो आसपास का क्षेत्र भी हम आपको बताते हैं कि मंदिर के इसी हिस्से से हम देखते हैं कि सब जगह हरियाली का वातावरण यहाँ पे छाया हुआ है अब मंदिर का पूरा दृश्य आपको दिखाने के बाद हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद बस यो बंद बंद